नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे चेहरे सत्यापन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्ले स्टोर से सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करेंगे यूपी को इसको ओपन करेंगे ओपन करने के बाद ये चार नंबर पे आप देख रहे हैं सर्विसेज। इसके अंदर एक इसके अंदर ये पहले नंबर पे है करेक्टर सर्टिफिकेट इसके बारे में जानकारी देंगे और बाकी की जानकारी बाद में सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे और कैसे इसको अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपका आईडी बना हुआ है तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी टिक ओ टी पी पर टिक करने के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर किसी का बना नहीं है तो इस नंबर पर हमको यहाँ साइनअप करना पड़ेगा एक छोटा सा देखते हैं साइनअप में यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे नाम डालेंगे मेल फीमेल है क्या वो चुन लीजिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पासवर्ड इसको सबमिट कर देंगे आपका यूज़र आई क्रिएट हो जाएगा यूज़र आई मोबाइल नंबर से ही बनता है इसमें आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूज़र आई होगा ओके अब देखिए मेरा बना हुआ है पहले से लॉग कर लेते हैं सीधा गेटूटी भी कर देते हैं उत्तर, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस ऐप के माध्यम से काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं जिनका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं क्या क्या सेवाएं हैं है, करेक्ट वेरिफिकेशन के अलावा जो हैं बारी बारी उनको भी डिटेल में हम बता देंगे तैंतालीस ओके सबसे पहले जल्दी जल्दी बता देता हूँ थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा आप जनरल पर टिक करेंगे ओके और इसमें आप किसी का भी बना सकते हैं और कोई बाउंडेशन नहीं है कितना बनाएंगे आप दस बीस किसी के भी अपने रिश्तेदार पड़ोसी किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये सेवा उत्तर प्रदेश के लिए है आप इसमें कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी का भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी और का है और आपने किसी और की आई से कर दिया इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हाँ, उसका नाम जिसके जिसका बनाना चाह रहे हैं उसका मोबाइल नंबर ई मेल कोई ऑप्शनल है ज़रूरत नहीं है फादर्स नेम एज ओके मेल है या फीमेल है और यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है इसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस भी है यहाँ प्रेजेंट एड्रेस डालिए ये परमानेंट एड्रेस है यहाँ स्टे कितने दिन किया है वो और अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है तो नो पैटिक कर दीजिए और यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है थोड़ा भर के बता देते हैं नाम डाल दिया एप्लीकेंट का जिसका हम बना रहे हैं उसका नाम अपना हो चाहे किसी का हो अब नाम डाल देंगे मोबाइल मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर जरूरी है कंपलसरी है मोबाइल नंबर यहाँ डालिए लेकिन मैं अभी छोड़ दे रहा हूं मोबाइल नंबर कंपलसरी है यहां पर डालना ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है और यहाँ फादर्स नाम फादर्स नाम मोहन है ऐज कितनी है जो भी एज है आपकी वो एज डाल दीजिए मेल फीमेल क्या है उस पर टिक कर दीजिए मेल पे यहाँ आपका जो हाउस नंबर है जो भी हाउस नंबर है हाउस नंबर मकान नंबर जो भी है हाउस नंबर डालिए मकान नंबर गली वलेज क्या क्या आपका है वो आप वहाँ टिक कर दीजिए इसके बाद डिस्टिक चुनेंगे अलीगढ़ डिस्टिक थाना चुन लीजिए ओके कितने साल से आप यहाँ स्टे कर रहे हैं थर्टी टू ओके अगर आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों हैं तो यहाँ पे भी परमानेंट पे टेक कर दीजिए और अगर किसी आपके आपकी फैमिली में किसी के कोई क्रिमिनल केस चल रहा है भारत के किसी भी पार्ट में उस पे टेक करना है और उसकी डेट लिखनी है अगर कुछ नहीं है तो नो पर टेक कर दीजिए अब यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करना है इस पर टिक किया ऑटोमेटिक गैलरी में लेके जाएगा ये हमें और ये हम इस पर टिक कर दिए ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा ओके फ़ोटो अपलोड होने के बाद ये आप इस पे चेक पे टेक करेंगे एक बार देख लीजिए नाम डाल दिए मोबाइल मोबाइल नंबर मस्ट है मोबाइल नंबर तो आप इसमें डालिए ही अपना क्योंकि जब वेरिफिकेशन करने के लिए थाने से जाते हैं तो आपका पता ना मिलने पे फ़ोन द्वारा आपसे संपर्क कर लिया जाता है तो वो वेरीफ आप बता दोगे कहाँ है कैसा है एड्रेस कभी ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो ये थोड़ा ज़रूरी है मोबाइल नंबर आप इसको मस्ट डालिए मोबाइल नंबर फादर नेम हो गया एज हो गई एड्रेस डाल दिया है यहाँ पर डिस्ट्रिक चुनी लिया है कितना टाइम से स्टे कर रहे हैं वो फ़ोटो अपलोड कर दिया इसको सबमिट कर दीजिए मंथ डाल दीजिए कितने मंथ के दिन के हैं वो डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए आप इस सेवा का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं ये देखिए रेफरेंस नंबर आ गया लेकिन प्रोसीड फॉर पेमेंट अभी आपका अप्लाई हो गया अगर आप सोचो कि ये थाने पहुंच गया होगा तो नहीं पहुंचा होगा जब तक इसका पेमेंट फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक ये थाने नहीं जाएगा ओके पेमेंट करके देखते हैं क्या ऑप्शन है प्रोसीड पर टिक करेंगे प्रोसीड आ ओके ये आया नेक्स्ट इस पर नेक्स्ट करिए ओके okay, क्लोज कर दीजिए इसे और यहाँ पर प्रोसीड विथ नेट पेमेंट टिक कर दीजिए नेट पेमेंट यहाँ आपके देखिए कितने ऑप्शन मिल रहे हैं पहला नेट बैंकिंग है दूसरा कार्ड है तीसरा अदर पेमेंट मोड है जिसमें यूपीआई है ये है यूपीआई तो सबसे आसान इसमें है यू मोड ज़्यादा आसान है इस पर टिक करिए ओके पचास रुपये का पेमेंट करना है हमको और ये देखिए क्यूआर कोड स्कैन सबसे बढ़िया है हमको कुछ नहीं करना है इसमें आप इस पर टिक कर दीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिए ओके okay, पेमेंट हो गया पेमेंट करने के बाद आपका ये एप, जो एप, एप्लीकेशन संबंधित थाने में पहुंच जाएगा ओके संबंधित थाने में पहुंचने के बाद पाँच दिन के अंदर वहाँ से रिपोर्ट लगाई जाएगी पाँच दिन के पाँच से सात दिन के अंदर थाने पर रोकने का पाँच से पाँच से सात दिन का टाइम होता है इस पीरियड में आपके पते की जांच करके और आपकी क्राइम हिस्ट्री देख उसको वेरीफाई कर दिया जाता है अपलोड कर दिया जाता है फिर इसके बाद वो आगे जाता है जहाँ जाना होता है उसे फिर वहाँ से वेरीफाई होके इसका बनने का टाइम है पंद्रह दिवस का पंद्रह दिवस वर्किंग डेज है फिफ्टीन डेज वर्किंग अब वहाँ से बनने के बाद अब आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे वो देख लीजिए यहाँ गए यहाँ के बाद अब इस अप्लाई करने के बाद आपका ई स्टेप का काम आ जाता है सर्च योर अप्लीकेशन स्टेटस आपने आज अप्लाई किया आप दो दिन बाद देखेंगे थाने से रिपोर्ट लगी या नहीं लगी ओके okay. नहीं लगी तीन दिन बाद देखेंगे चार दिन बाद आप पाँच छः दिन बाद देखेंगे रिपोर्ट इसमें लग जाएगी इसमें लिख के आ जाएगा थाने द्वारा स्वीकृत फिर इसके बाद डीसीआरबी सी से भी उसके उनके पास भी एक हफ्ते का टाइम फाइव डेज का टाइम होता है एक हफ्ते तक का टाइम होता है वहाँ भी एलआईयू वगैरह वहाँ भी फिर इसके बाद सीधा अथॉरिटी द्वारा फाइनल उसमें सबमिट वो, वो कर दिया जाता है स्वीकृत कर दिया जाता है स्वीकृत होते ही अब आपका इसी सेक्शन में यही डाउनलोड होगा आपने जहाँ से अप्लाई किया है वहीं से मिलेगा कोई दूसरा दूसरा व्यक्ति उसको नहीं निकाल सकता है किसी दूसरे की ई मेल पर नहीं आएगा आपकी ई मेल आई मेल आ जाएगा अगर वहाँ मेल नहीं आ रहा है तो आप अपने ऐप इस से इसको कैसे निकाल सकते हैं ये देखिए यहाँ टिक किया सर्विसज़ पर गए ये तीसरे तीन नंबर पर दिखाई दे रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट इसको टिक किया इसके बाद जैसे आपने काफ़ी लोगों के अप्लाई किए हैं तो आप सीधा 2022 चुन लीजिए या बाईस में कर रहे हैं या सर्विस नंबर डाल दीजिए जो आपको नंबर याद है सीधा 22 चुन लेते हैं हमने ज़्यादा नहीं किए हैं सर्च ऑप्शन कर देते हैं ओके ये देखिए दिखा रहा है भुगतान के लिए पेंडिंग ओके वहाँ दिखाया था भुगतान के लिए पेंडिंग पेमेंट पेमेंट पेमेंट नहीं हुआ हुआ तो तो हमारा इधर ही ही है है होने के बाद, पेमेंट बाद है यहां यहां शुविक्रत। शुविक्रत के बाद बाद बाद ओके कर कर दिया दिया आपने सब कुछ उसके क्या होगा होगा यहां आ जाएगा ये पेंडिंग लिखा लिखा पे पे लिखने आप जैसे ही उस पर पर टिक टिक करेंगे यहां पे, इस पे टिक करेंगे इस डाउनलोड सर्टिफिकेट अब डाउनलोड सर्टिफिकेट आएगा तो आप इस पर टिक कर दीजिए इस पर टिक करने के बाद आपकी पीडीएफ डी जनरेट हो जाएगी यहाँ पर उस पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल के अपना जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ आप लगा सकते हैं उसको इस तरीके से आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं और आपके दोस्त रिश्तेदार जितने भी पहचान वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिए जिससे कि वो ये सीख अपना खुद अप्लाई कर सकें हमारे पास काफ़ी लोगों के जो आते हैं वेरिफिकेशन तो कुछ लोगों का नाम गलत हो जाता है कभी कभी एड्रेस गलत हो जाता है किसी वजह से या किसी और ने भर दिया गलत तरीके से किसी और से भरवा लेते हैं कहीं और से तो वो उनका वो वेस्ट हो जाता है पचास रुपए का तो नुकसान हो ही जाता है उनका जो पेमेंट करते हैं बाकी और जो किसी को दिया होता है अप्लाई कराने के लिए प्रिंट वगैरह का वो भी उसका लॉस हो जाता है और टाइम का तो टाइम भी तो वेस्ट हो जाता है तो सबसे अच्छा ये है कि आप सीखें और अपने परिचय में जो है उनको सिखाएं कि आप अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों परिजनों को ज़रूर शेयर करिए जिससे कि वो इसके बारे में जागरूक हो सकें इस ऐप के द्वारा और सेवाएं भी हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे अगर अच्छा लगे तो आप बताइए इसमें से और कौन कौन सी से सेवाएँ आप जानना चाहते हैं जैसे घर बैठे ई एफ कैसे करें अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको किन किन पे आप घर बैठे ई कर सकते हैं ओके थैंक यू दोस्तों